जाओ जा मजा देख सही हो राख को ल एक सौ आठ बोलिया सौ एक सौ आठ उपाय बोलिया सर